तिथि वार नक्षत्र योग तो 2076 वो करम संबत दो शुक्ल पक्ष की आज जो तो तिथि रहेगी दर्शकों पूर्णिमा तिथि रहेगी सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर आठ मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर सैतीस मिनट पर नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इसके उपरांत रेवती नक्षत्र बुद्ध का नक्षत्र लग जाएगा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 चंद्रदेव का गोचर जो रहेगा मीन राशि में चंद्रमा चलाए मान रहेंगे और सूर्यदेव कन्या राशि में चलाए मान रहेंगे तो दर्शकों मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा हाल इस पर हम दृष्टि डालते हैं मेष वृषभ राशि के जातकों आज आपके भाग्य के सितारे बुलंद रहेंगे आज ईश्वर के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य मनोरथ सिद्ध होंगे और आज आपका दिन शानदार बीतेगा शादीशुदा है तो पति पत्नी के बीच आज का संबंध बड़ा मधुर रहेगा आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के साथ साथ स्वास्थ्य के लिहाज से सफल रहेगा आज ऑफिस में आपके कार्य की प्रशंसा होगी आज आपकी मुलाकात पुराने दोस्तों से हो सकती है यदि आज आप व्यापारी हैं तो आज आपको विशेष सफलता हासिल हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज रात्रि में आपको जो खीर बनाना है